हेलो दोस्तों एक नया एडवरटाइज आया है जो यूपीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से इसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या-क्या जरूरी चीज है यूपीएनएम ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म जिसका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है जिसका लास्ट डेट है 25 छ 2022 को इसके जो डायरेक्शन है जो जो जरूरी चीज है वो एडवरटाइजमेंट में दिया गया है उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हम आपको बता दे रहे हैं कैंडिडेट जो कि इंटरमीडिएट टेन प्लस टू एग्जामिनेशन किसी भी बोर्ड से पास किया हो वो इसके लिए एलिजिबल है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 45 परसेंट मार्क्स जरूरी है और एस पी के लिए फोर्टी परसेंट मार्क्स जरूरी हैं। ये कंट्रो मतलब कंट्रैक्ट बेस पे नियुक्ति दी जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए दो सौ रुपए फीस है ओ बी कैटेगरी के लिए सौ रुपये फीस है रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है एस पी एस टी अदर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का ऑर्डर मतलब किसी भी सरकारी सूचना के आधार पे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा जैसा कि जो रूल बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से एज लिमिट 31 बारह 2021 को 17 साल से 35 साल के बीच में होना चाहिए और जो ओबीसी बी सी को जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से छूट मिलता है वो भी दिया जाएगा सिलेक्शन जो है मेरिट बेस पे हो जाए होगा और ये मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो परीक्षा अनुदेश दो हजार बाईस के अनुरूप में होगी और मार्क्स ऑन फर्स्ट ईयर कंप्लीट कंट्रेक्चुअल सर्विस थ्री मार्क्स ऑन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट मतलब इसमें तीन मार्क्स आपको वेटेज के तौर पे दिया जाएगा अगर आपने पहले इसके पहले किया है तो अब इसका प्रोसेस जो आगे का दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे धन्यवाद